क्या बताऊं यारो कैसी है जनवरी की ठंड है क्या बताऊं यारो कैसी है जनवरी की ठंड है जिनकी शादी हो गई उनकी तो बल्ले बल्ले हम जैसे कुआरों की जिंदगी झंड है तुम क्या